आजमी फिर आपके सामने पी सेफी मैं आपके सामने सुपर ऐप लेके आया हूँ इस ऐप को यूज़ करने पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा जैसे कि आप अदर से एप्लीकेशन यूज़ करते हैं उनके बारकोड यूज़ करते हैं इसी तरीके का एक एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है जिसका नाम है ए पी मनी इसको यूज़ करने पर आपको इतना बेनिफिट होगा जितनी दफ़े आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे हर दफ़े प्रॉब्लमिंग आप होगी और इसके अंदर 19000 से ज्यादा सर्विसेज़ हैं। भविष्य है। को बेहतर तो बनाने के लिए इन सेवाओं लाभ आपको उनके बारे में जानता चलते हैं चलिए फ्रेंड हम अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लें और आइकन दबाना सो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर जैसे कि आप ये साइड में जो एप्लीकेशन है देख सकते हैं जो मैं ओपन कराऊँ एप में मर्चेंट जब भी कोई नया ऑफर आएगा तो देखने तो शो तो होगा सर ये आप देख सकते हैं ये इस एप्लीकेशन को ये यहाँ पर कैशबैक दिखाएगा यहाँ बैलेंस दिखाई देगा सेटिंग में जाने के बाद में आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और ये यहाँ पे एयर मनी ये एप्लीकेशन का ये ये है बहुत बेहतरीन एप है चलिए फ्रेंड मैं अपनी स्क्रीन पे आ चुका हूँ दोबारा ए पी मनी मर्चेंट किस तरीके से ओपन होता है मैं आपको दिखाता हूँ ये मेरा एप है ये ए मनी मर्चेंट खोलते ही आपको टू डे ऑफर का दिखाएगा जैसे ओपन होगा अगर ऑफ़र होता है तो आपको एंड दिखा देगा ऑफ़र ओपन होते ही ओपन होने के बाद में ये मैं सर्विसेज पे जा रहा हूँ ये सर्विसेज है मोबाइल रिचार डीटीएच टी एच ब्रॉडबैंड अप्लाई डी डाटा कार्ड मोबाइल लैंड गैस बुकिंग ए खास बात यह है इस एप्लीकेशन में सारी सर्विसेस हैं बैंकिंग के मोबाइल रिचार्ज तक की सारी सुविधाएँ एक ही एप्लीकेशन में दे रखी हैं समय बेहतरीन बात यह है और इसमें अच्छी बात यह है कि आपको हर चीज़ पे कमीशन मिलती है जैसे कि आपने रिचार्ज किया तो उस पर कमीशन मिलेगी या आप पेमेंट लेते हैं पंद्रह से ऊपर का तो हर पेमेंट पर पे आपको कैशबैक मिलेगा आपको बेरोजगार नहीं रहना है तो जुड़िए के मनी परिवार के साथ उन्नीस से अधिक सेवाएँ चली जैसे कि अबाउट कमीशन टर्म कंडीशन प्राइवेसी रिफंड अब कमीशन पे चलते हैं हमको कमीशन कहाँ पे कितनी मिलती है जैसे मैंने कमीशन को ऑप्शन खोला ये पी पे डिटेल्स पोस्टपेड देखिए सब पे डेढ़ डेढ़ परसेंट मिलेगी कुछ परसेंट एक परसेंट भी मिलती है कि इस पर एक रुपये मिलता है इलेक्ट्रिसिटी बिल जैसे कि आप ये थी पोस्ट पे एक रुपा डाटा इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग गैस इन सब पे कमीशन मिलेगी आपको मगर इन सारी चीज़ों का लाभ लेने से पहले जैसे कि आप ओपन करवाते हैं ये बनवाते हैं अपना एप्लीकेशन मर्चेंट तो इसे ओपन होते बार अटैच होती है आपको पचास इसमें डलवाना पड़ेंगे तभी आपकी ये सर्विसेस चालू होंगी और जो कमीशन है आपको कैशबैक है तभी चालू होता है अब जब ये कैशबैक चालू करवाएंगे तो जैसे कि आपको पचास से ऊपर का हज़ार दो हज़ार तीन हज़ार रुपये होते हैं तो वो हाथवा सेटलमेंट हो जाते हैं पचास रुपये मिनिमम आपको इस एप्लीकेशन में रखना पड़ेंगे तभी आपको जैसे कि ये कैशबैक है मैं दिखा रहा हूँ ये कैशबैक तभी मिलेगा अगर पचास आप निकाल लेते हैं तो आपको ये कैशबैक नहीं मिलेगा तो कम से कम पचास आप अपने इस एप्लीकेशन में रखिए तभी आपको कैशबैक मिलेगा अगर वो पचास भी निकालें तो सेटलमेंट लगा दीजिए वो ट्वेंटी फोर हावर्स में आ जाएगा